नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गोसाल मखी चैनल कैसे हो आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम जा रहे हैं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथ में और हम जा रहे हैं स्टपोर्ट स्टपोर्ट में इतना मारधार होता है आप रोने लगेंगे देख के क्योंकि हम जहाँ जहाँ बच पाते हैं बस बच पाते हैं और बहुत बंदूक पहनते हैं इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से कीजिए और हमको मिल जाती है ड्रिंक तो ड्रिंक से काम कुछ चलने नहीं वाला था हमको चाहिए थे गन और आ, आप लोग यार सपोर्ट करो हमारे 150 सब्सक्राइबर आपको शर्म आनी चाहिए हमारी करिए एक सब्सक्राइबर तो हम खुश हों यार और हमको यहाँ पर कोई गन वन मिलती नहीं है तो मैं दूसरे घर में जाता हूँ और यहाँ पर फिर कोई बंदा आ जाता है फिर मैं कन उठाता हूँ और बंदे की तलाश करता हूँ कि वो भाग तो नहीं किया तो बंदे के पीछे पीछे जाता हूँ अब बंदे के फुटप्रिंट थोड़े थोड़े आए थे तो हमने बताया बंदा आ गया और मेरे साथ खेल रहे हैं किलचॉर जी और वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं क्योंकि आपने दूसरे मैच में देख चुके होंगे बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन मैं यहाँ पे पता नहीं कोई हैकर मुझको घुटने पर नाक कर देता है आपको बताने के चक्कर में मैं नाव खुल जाता हूँ फिर भी कोई बार नहीं हम आपको लास्ट तक दिखाएंगे और हैकर को फेलेंगे बस मैं यहाँ पे एक ड्रिंक होती है तो मैं ड्रिंक मारता हूँ पहले उसके बाद मैं जीरो क्लिक के साथ नीचे जाता हूँ और यहाँ पे क्योंकि नीचे जाना पड़ता है क्योंकि बंदे मार रखते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्कॉप थी और फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यहाँ पर बंदा था एक तो उसको भी पेलना था तो इस वो को पहलते पहले उसके बाद इस पे चढ़ के बंदे को पेलते हैं तो आप लोग ज़्यादा फल सब्सक्राइप उसको कीजिए ना और हमारे जन्म को सपोर्ट कीजिए यार हमारा जन्म ग्रो हो तो आपको भी हम लोग कुछ गिफ्ट गिफ्ट दें तो अच्छा लगे हमको भी आपको भी तो हम फिर यहाँ पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पे थोड़ा लूट उट करते हैं और सारे सामने अगर बंदे थे तो हमको क्योंकि हमारी लाल लाल ला हेल्थ थी इसलिए बंदों को ज़्यादा हम नहीं देखते हैं और वहाँ से भाग आते हैं क्योंकि भागना हमको अच्छा नहीं लगता फिर भी भागना पड़ता है क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कोई वीडियो काट देता होगा लेकिन YouTube पे लेकिन भागना पड़ेगा वहाँ क्योंकि लाल लाल हैल्थी और माले भी जाते हैं वहाँ पे जो भागते ना तो भागते उसको नहीं कहते उसको पहेंगे तो सब अदा अदा कर लेंगे बराबर हो जाएगा तो मैं इधर से जा रहा था भाई बंदा कोई दिख नहीं रहा था फिर अचानक से एक दागिया आ जाती है कहीं कहते आ जा भाई आजा मेरे एक फिर बढ़ा दे लोग डरम देते हैं फिर एक नॉक हो जाता है और अभी एक इसका और बंदा भाई सब पता नहीं पाकिस्तान से सब आ रहे थे तो दोनों लोग थे देखिए सब पाकिस्तान के नाम है अलीफ अली फली। पता नहीं उर्दू में लिखा है समझ में नहीं आ रहा हम उल्टा से बोल दिए ना और हम अपने टीममेट मेट को गिलचोर जी नॉक हो जाते हैं उनको रिवाज देते हैं और फिर हम यहाँ से निकलते हैं और आप लोग प्लीज और ये बंदा देखिए बंदा बहुत चोरी आ रहा था तो, तो हम इसको चौड़ा चौड़ा चौड़ा करके बोट भी इसको चौड़ा रहा था और फिर भी मेरे गुलचोर जी ने बोट तो चुराने में बहुत माहिर है और ये भाई इसको चौड़ा देते हैं क्योंकि शॉर्ट गन चौड़ी चोटी सब कुछ चौड़ा चौड़ा लिया लिया था तो हम सब कुछ चौड़ा चौड़ा इसको चौड़ा भी देते हैं साथ में और फिर हम यहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं फिर जल्दी से जाते हैं और यहाँ पर तो बहुत बंदा कर सह नहीं पा रहे तो बहुत मारते हैं भाई बहुत मारते हैं कि बंदों को मुँह से निकलती है हाय मम्मी रे तो बस हम यहाँ पर टीम को बैठा कर निकलते हैं गिलचौर जी बहुत लूटने में मायन है इसलिए उनको हम ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं देते उनके सहारे नहीं रहते व ना पिल जाते हैं और हमारे यहाँ पर तिल हो गए हैं पाँच और इक्कीस बंदे बचे हैं तो बस देखिए यहाँ पर बंदा था और गिने छोटा भीम का लड्डू डालते हैं छोटा भीम के लड्डू से कुछ होता नहीं है इस बंदा नीचे लेटा था, था तो भाई उसको मैं किलचौर जी ने पिल दिया क्योंकि वो किलचोर है और ये छोटा तो फिर इसको घुंड पर रेंग रहा था क्यों कह रहे थे रिवाइव ना हो है बेचारा कष्ट में कष्ट झेल रहा था फिर दूसरे बंदे को फेलते हैं जोन से आ रहा था इसका टीम मेट फिर उसको पेल देते हैं तो हम यहाँ से गाड़ी निकाल के निकल लेते हैं तो आजा आजा भाई क्लचौर जी आ बहुत तो लूटता है भाई ये किलचौर जी इतना लूटते हैं कि कुछ कहने को नहीं आप लोग हर मैच में देखते होगी इनकी शिकायत आती होगी और फिर हम इनको गाड़ी में बैठा के निकलते हैं अरे आ जाओ किलचौर जी तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा लूट वूट कर जी बंदे भी आ गए थे तो कुलचौर जी बहुत पा गए थे थोड़ा बहुत क्योंकि जो हर लोड करते हैं तो हम यहाँ से निकलते हैं फिर क्योंकि बंदा सामने बिल्कुल तो बिल्कुल तो हेड लगाना है लेकिन मैं सोचता कुछ और हूँ पीछे से जाता हूँ लेकिन थोड़ा डेमर देखिए पीछे से जाता हूँ तो बस देखते रहिए हमारे वीडियो को और फिर मैं पीछे से जाता हूँ फिर कबर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बंदे बहुत होशियार हो है। चुके हैं आजकल आज, कल, आज कल बंदे प्रो है वीडियो डालना मुश्किल हो गया है तो मैं इस पर खेलता हूँ पूरा भाई पीछे से हम पे घोसाल मक्खी का राज चलता है पीछे से फेल दिया इनको ये पता भी नहीं चला और यहाँ पर हमारे किल हो गए आठ होंगे ग्यारह बंदे बचे हैं और किल जो दिए बहुत ही नसे में हैं। तो भाई उनसे बात करना बहुत ख़राब है तो मैं यहाँ से जोन से पहले निकलता हूँ ब्लू जोन से बहुत हाल दिखाता है पता नहीं क्यों बना दिया गया है इसको ब्लू जोन तो पता नहीं ब्लू जोन ही का राज होगा पेन्दा पे तो इसीलिए मैं यहाँ पे आता हूँ बंदे भाई किस से जहाँ कर रहे तो थे पता नहीं क्या बाहर चल रहा था तो उनको देखने में मज़ा आ रहा था तो एक को हेडी हेड देते उनके टीममेट को पता ही नहीं चलता भाई साहब इतना तगड़ा अरे भाई इसको खेलते कि रिश्ता खेलते हैं भाई तो कितना आनंद आ रहा है और फिर यहाँ पे लूटने बहुत मैं और ये देख भाई इतना अच्छा बंदा मैंने देखा नहीं क्यों क्योंकि वो इधर देख रहा था हम लोग को जान ही नहीं पाया यहाँ पर दो दो बंदे मार दिए वो जान ही नहीं पाए और हमको कोई हेडशॉट देता है किनारे लम से मतलब नीले वाले घर से तो मैं उसको भी बहुत बुरा मारूंगा कि वो लेटर ही नहीं कर पाएगा आजकल के लिए तो मैं और फिर वो बग्गी वाले रस कर देते बग्गी वाले सामने से निकल जाते हैं रस करने वाले ही होते हैं फिर मैं उनको देखाऊँ देख थोड़ा सा मुझे एक गोली पड़ती है यार फिर भी कोई बार नहीं एक गोली पड़ती उसमें कोई बार नहीं दूसरा बंदा इधर इसको हम खोल देते हैं क्योंकि ज़्यादा कष्ट लेना बहुत गलत बात है और आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए ज़्यादा से सो ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रो को पेलते हैं क्योंकि प्रो में कभी दम नहीं होता और बोट में और जो आप नाक हो बोट, बोट बहुत मज़ा लेता है आपसे कहता है आजा आजा झलक दिखला आजा तो हम यहाँ से कुछ नहीं करते तिलचोर जी का 98 चला रहे थे लास्ट बंदा बताया किलचौर जी को नॉक ही कर देता है क्योंकि वो उनको घुटनों पर आना ही था क्योंकि वो था ड भैया से सीख गया था ए डब्ल्यू उनके हेड और भाई मेरे किलचोर को नॉक कर दिया तो मैं रोने लगता हूँ क्योंकि मैं इतना पढ़ू नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो फिर भी आप लोग जो सब्सक्राइब करोगे तो हम इतना पाएंगे आप समझ सकते हो और इसके हेड पे पूरा बीस परफेक्ट है ये जानते नहीं हम कौन हैं तुम तो मारते ही खींच के, के गोवा बीच में और फिर हमारा हो जाता है चिकन डिनर और फ्रेश फ्रेश और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा ख्याल शेयर कीजिए और आज के लिए इतना ही अब आज के लिए इतना ही अब बाय बायू टाटा एवं इंटरनेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखते हैं क्योंकि कोरोना तो गया है लेकिन कोरोना गया है लेकिन लेकिन उसके बाद सुनो लेकिन आपको मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि कोरोना फैल सकता है आप लोग अपना ख्याल रखें उसके बाद टाटा